शक्ति अपने शब्दों में रखो अपनी आवाज में नहीं शक्ति अपने शब्दों में रखो अपनी आवाज में नहीं क्योंकि फसल बारिश से अच्छी होती है बाढ़ से नहीं